नमस्कार स्वागत अभिनंदन दिनांक 9 अक्टूबर के दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में दर्शकों प्रस्तुत राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है देशी ग्रामीण ग्रह युद्ध सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानतम जन्म राशि न चिंतित विवाह सर्व मांगल्य यात्रायाम ग्रह गोचरें जन्म राशि प्रधानत्म नाम राशि न चिंतित तो शास्त्र भी कहता है कि जन्म राशि की प्रधानता देनी चाहिए विक्रम संबत दो हजार छिहत्तर सख आज जो तिथि रहेगी दर्शकों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 मिनट तक की सुबह राशि में रहेंगे इसके उपरांत कुंभ राशि में रहेंगे और जो सूर्य राशि रहेगी ये कन्या राशि रहेगी सिंह राशि के जातकों आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा कुछ मामलों में जो है कुछ कामों में आज देरी हो सकती है खासकर के लव पार्टनर की लाइफ में उतार चढ़ाव आ सकते हैं करियर में संवेदन